हेलो फ्रेंड्स कैसे हो भाई होगा फ्रेंड्स मैं शर्मा लेके आऊँ आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स पासपोर्ट वेरिफिकेशन के बारे में जो हम पासपोर्ट ऑफिस में फिजिकल वेरिफिकेशन कराने जाते हैं फ्रेंड्स उसमें डॉक्यूमेंट क्या कच्चे ये होंगे फ्रेंड्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स ओके वीडियो चालू करने से पहले फ्रेंड सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा साथ में बेल कटन भी दिख रहा हो उसको भी प्रेसक्राइब जिसमें कोई भी न्यू टॉपिक का वीडियो बना वो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ओके फ्रेंड्स चलो हम वो तो देखें लास्ट तक ओके फ्रेंड चलो वीडियो चालू करते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो हमारा सबसे पहले नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं फ्रेंड्स उसमें आपको कुछ ले जाना ओनली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेना चाहिए ले जाना होगा जो आपने फॉर्म भरते टाइम उस उस डॉक्यूमेंट का यूज किया था जैसे कि फ्रेंड आधार कार्ड आपको ले जाना होगा हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी होगी ओनली बस और आपको अगर आधार कार्ड है आधार कार्ड से आपने फील किया है तो फ्रेंड उसमें बिल्कुल जो आपने फील किया है वो बिल्कुल मैच होना चाहिए नाम मैच होना चाहिए एड्रेस भी मैच होना चाहिए हो ओके फ्रेंड्स और एक सबसे बड़ी बात जो मेरी मेरे साथ एक बार गलती हुई थी फ्रेंड्स की जो आपका अपडेटेड जो आपका आधार है वो अपडेटेड होना चाहिए उसमें जो फोटो है वो जो आपका नॉर्मल अब है लेटेस्ट होना चाहिए ये नहीं कि दो साल या तीन साल पुराना हो नहीं लेते फ्रेंड बिल्कुल न्यू होना चाहिए ठीक है फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना होगा और आधार कार्ड लेके जाना होगा हाईस्कूल की मार्क्सीट उसका हाई की मार्क्सीट और आधार कार्ड की आपको फोटोशेट ले जानी पड़ेगी फ्रेंड और ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा ओके फ्रेंड और आपको अपॉइंटमेंट लेटर भी ले जाना पड़ेगा अपॉइंटमेंट लेटर फ्रेंड आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा ऐसे फ्रेंड आप सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको वेटिंग लिस्ट में बैठाया जाएगा कि ये आप करिए फिर उसके बाद एक एक करके आपको बुलाया जाएगा फ्रेंड देख देख पा रहे हो इस टाइप से आपको बुलाया जाएगा ये जो सर हैं ये आपको बुलाएंगे ये आपसे आपका अप, वेरिफिक नाम पूछेंगे एड्रेस पूछेंगे फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट चेक करेंगे ओके फ्रेंड्स आपका आधार चेक करेंगे फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपको पहले फ़ोटो खींचेगा एक फिर उसके बाद थम लगवाएंगे फिर फिंगर लगवाएंगे फ्रेंड्स फिर आपको एक फॉर्म निकाल के देंगे इस तरीके का जैसा कि आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स ये फॉर्म ये आपको, आपको फील करना होगा यहाँ पे नाम लिखना होगा ओके फ्रेंड जैसे यहाँ पे अपना फाइल नंबर दिखाई देगा फिर वहां पर साइन करवाएंगे फ्रेंड्स आपको पेन भी साथ में लेकर लेके जाना होगा ओके फ्रेंड्स यहाँ पे साइन करवाएंगे जैसा कि आपको दिख रहा होगा ऊपर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे रेड कलर उसका सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा साथ में बेलाइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करॉपिक को वीडियो बनाऊ उसका नोटिफिकेशन आपके पहले आपको नेक्स्ट वीडियो होने वाली है फ्रीज पुलिस वेरिफिकेशन की कि पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होती हो और कितना टाइम लगता हो कमरा